गुड मॉर्निंग दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अभी छत पे हूँ सुबह हो रखी है दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग यहाँ पर कहते हैं पागल है वीडियो बनाता है फ़ोन लिए घूमता है कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए और आज हम जाएंगे लक, लकड़ी काटने यूके तो आप लोगों को दिखाएंगे यूके कैसे कटता है और अभी हम छत पर मैं अभी जा रहा हूँ नहाएंगे नहाने के बाद खाना वाना खाएंगे खाना खाने के बाद फिर हम चलेंगे लकड़ी काटने तो दिखाएंगे अभी हम घर जा रहा हूँ नीचे और मम्मी वो सामने भैंसी लगा रही वो। और अभी हम जा रहे हैं नहाएंगे और चाय वाय बन रही है चाय पी लो दोस्तों आगे चाय बन रही है अभी हम भी पियेंगे और खाना वाना खाएंगे खाना पैक करके साथ में ले जाएंगे तो मैं भी नहा के आता हूँ फिर हम चलते हैं लकड़ी काटने ये मशीन लेके लेके जा जा रहे रहे रहे हैं रहे हैं हैं और और और हम कुल्हारी अंकुश भाई ला जाएंगे काटेंगे वहाँ पे जाके। तो है यहाँ पे, पे।, पे तो ला जाता है पे लिप्ट आढ़ ज़्यादा गुंडा ये हमारे ठेकेदार भाई साहब हैं ये बहुत गुंडागर्दी करते हैं ये है। तो काम ना है पैसा पहले ले लो भैया आदेश भाई पैसा पहले मांग रहे हैं पैसा इनको चाहिए तो, तो गाइस, तो तो बाई तो बाई गा गा तो अब बाईस जाएंगे हैं। और हमारी एक टीम ये इधर है ये और एक टीम हमारी पीछे है पहुँच चुके हैं सभी लोग लिप्ट काटने के लिए और अभी हम लोग लिप्टिस्ट काटेंगे ये देखिए कितना जंगल है यहाँ पे है। और अंकुश भाई हमारे गाना गा रहे हैं अभी देखिए कितना जंगल है भाई बहुत सारा जंगल है देखिए देखिए। कितना जंगल है पे। ये हम गए यहाँ पे लोनो के पास और ये सारे पॉइंट्स तो हमें काटने की है मुझे पता है हमेशा दिमाग आईस करें निकल नहीं होता है ना लगता है